सुनो तुमने ऐसे मेरी आंखों में मत देखा करो हरामी हो जाओगी आ, म, म, म, म, मेरा मतलब है कि हमारी हो जाओगी